देगा नहीं खूबसूरत कोई जिसम जैसे ताकि मूर्त कोई मेरे दिल दिल मेरा सारे जावे दिल मेरा जावे तू ना नहीं कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले वो ढोलना ढोलना ढोलना तो बन्नो रे बनो मेरी चल ससुराल में पानी दे गई दुआ गुड़धानी देखी गुड़दानी देखू ना तू सतों ने मर जाने आ। जान जान के रवोने मर जा